ये देखिए दोस्तों काली का सफाई हो रहा है हमारे रेलवे ग्रुप मालिक यहाँ पर सफाई का काम हो रहा है समझा बोल रहे तेरे सर है ये देखिए दोस्तों हमको आके मार रहा है ये बहुत दुष्ट आदमी है बहुत करीबा है देखिए इसका चेहरा भी आपको दिखाई दे दांत देखिए केवल दिखाई दे रहा है अरे देखिए दांत दिखाई दे रहा है दोस्तों और ये देखिए इसका कान फट गया सोशल मीडिया पर ये लाइव चल रहा है राहुल हाँ आगे, हुआ फोटो खींच देता तो नहीं फोटो देते हैं? फोटो फोटो है? ये देखिए हमारे राहुल जी भी अब लगे हुए हैं जिसको ठागा बोलते हैं